तो मैं मरा झाने मौआ से मऊआ तो रात नहीं अरे ऊपर से, है लग, ए, से है लग रही और तो ऊपर से टिप है लग रही भी और भीतर से भीतर से हिम्मत नहीं भैया अगर अच्छो लगे तो तालियां बजाऊ उत रही हो कैसे हमारों को भी मन लगो रे ऊपर से जे लग रही और भीतर से नहीं यारी नहीं है काम चला हेमतारे धनिया और ए, हरे सैया के सैया लेकिन नीचे और सारे हैं भीतर ठीक है अच्छा क्या हकीकत बात है और सही में अगर गिलो लता फेर दो जाए आधे भाग जाए तब एक काम करो तुम गिलो लत्ता लेक दो ठीक है कितने नहीं भाग रहा है यार लोग ऐसे समझ में। में बोलो। हमें जो कि हकीकत फेर ने पड़ जाम बढ़ा दो जोड़ी मिले जासो का मैं बम बनाई कर के हो ये ठीक जॉब ओरिजिनल देख रहा हूं ओरिजिनल देख रहा, रहा हूं सही बता और साबुन लगा था बुआलो तुम भगवान का साबुन वाली फेरम लवली लग पाउडर लगाओ ठीक है हमरे आओ जो वैसे बिल्कुल नहीं तू पुट्टी कह रहे बहुत गलत कह रहा पुट्टी उठी नहीं कह रहा था हम मतलब जो आम फैमिली का तो कैसे कहो वो तो हम कह रहे कि थे हमें को कमें दिखाए थे और करिया भी तुम हो को एक तो तो भी एक बात बता ना ना हो काम करो से देखो पहले। कह कहेगा सुनो अगर तुम गोरी भी हो नहीं तो, तो अगर गोरी में जो करिया सुरमाने लगे नहीं तो भूत नहीं सी लगा नहीं भैया अगर गोरे रंग पे करिया तिलने हो तो कई को गोर हो हर चैत मास की तभी दो तो की चढ़ती जवानी मांगे पानी पानी जवानी तो जवानी तो हो गई बहुत पुरानी लग नहीं तो रहा कि बहुत आव, पुरानी हो। अब तीसरे पानी ऐसे होते ही है। ही होते लेकिन के के के दिल में